दोस्तों अक्सर बहुत सारे लोग अपने जीवन में ये एक गलती करते हैं कि वो भावनाओं में आकर समय में ही सही बात को नहीं समझ पाते समय रहते नहीं संभलते वो कोई बड़ी गलती कर देते हैं और बाद में समय बीत जाने के बाद वो उसे चाहकर भी सुधार नहीं पाता वो उन्हें ठीक नहीं कर पाता और इसी के कारण अक्सर लोग अपने सारे जीवन दुख और पछतावा में गुजार देते हैं वे यही सोचते रहते हैं कि काश मैं समय रहते समझ गया होता मैं संभल गया होता तो आज ये अनहोनी ना देखने पड़ती मुझे क्यों नहीं उस समय में कोई रास्ता सुझा? तो आज की यह पिता और पुत्र की बौद्ध कहानी इसी पर आधारित है इससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए कहानी देखते हैं दोस्तों ये कहानी है एक बहुत ही बड़े व्यापारी के और उसके बेटे की वह व्यापारी अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि उस बच्चे की माँ नहीं थी और घर में दोनों अकेले ही थे वो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करता था और वो व्यापारी चाहता था कि वो अपने बेटे को दुनिया की हर खुशी दे अब वह बच्चा समय के साथ धीरे धीरे बड़ा होता गया उसने अच्छे से पढ़ाई भी की क्योंकि अब उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी और वो चाहता था कि उसके पिताजी एक कार उपहार करें। वो बाजार में कार के शोरूम में जाकर उस कार को देख भी आया और उसने तय भी किया कि उसको कौन सी कार उपहार में पिताजी से चाहिए फिर उसके बाद वो रोज़ अपने पिता को अप्रत्यक्ष रूप से ये सब कहता रहता कि ये कार बाज़ार में नई आई है पिताजी मेरे दोस्त के पिताजी ने उसको कार उपहार करने वाले हैं वो शोरूम में अच्छी अच्छी गाड़ियां मिलती है ऐसे ही कर कर वो अपने पिताजी को हर दिन इशारा देता रहता उन्हें उन इशारों से ये समझाने की कोशिश करता रहता कि पिताजी समझ जाए कि मुझे भी एक कार चाहिए है लेकिन उसके पिताजी एक मुस्कान के साथ बात को घुमा दिया करते थे आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका उस पुत्र को इंतजार था इतने दिनों में उस पुत्र ने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी कि वो अपने पिताजी को समझा पाए कि मुझे अपने उपहार में एक कार चाहिए उसके बाद उस दिन उसके पुत्र खुश होकर घर पर गया घर पर उसके पिताजी एक छोटी सी बक्सा लेकर खड़े हुए थे जिस बक्से को पूरा सजाया हुआ था बेटा अब समझ गया था कि आज मेरे पिताजी मुझे वो कार पुरस्कार में देंगे और मेरे पिताजी दुनिया के सबसे अच्छे पिताजी हैं उसके बाद उसने वो बक्सा को जल्दी से खोला उसे लगा कि उसके अंदर कार की चाबी होगी लेकिन उसने देखा कि उसके अंदर तो चाबी नहीं बल्कि एक किताब है कुछ सेकेंड के लिए वह अपने पिता को देखता रहा और उसके पिता तो मुस्कुरा रहे थे उसके बाद उसके पिता ने उसे गले लगाकर बेटे को कहा कि बधाई हो बेटा लेकिन उसका बेटा बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया और उसके बाद वो अपने दोस्तों के पास चला गया और उसके दोस्त ने उसे यह समझाया कि तुम्हारे पिता तुमसे प्यार करते ही नहीं और उनको तो तुमसे ज्यादा अपने पैसों से प्यार है उसका दिमाग पहले से ही खराब हो रखा था और वो पहले से ही दुखी था ऐसे में उसके दोस्तों की यह एक बात ने उसको गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया सुबह जब पिता उसके पिताजी उसके शयन कक्ष में गए तो शैन कक्ष में कोई भी नहीं था और बिस्तर पर एक चिट्ठी पड़ा हुआ था और उस चिट्ठी में यह लिखा हुआ था कि पिताजी मुझे लगा था कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन मैं गलत था और आज मुझे मेरी माँ की याद आ रही है वो होती तो वो मुझे समझ पाती आपको तो अपने पैसों से मतलब है पिताजी और अब मैं जा रहा हूँ बहुत दूर पैसे कमाने के लिए एक दिन मैं आपसे बहुत ज्यादा पैसे कमाकर दिखाऊंगा और यह साबित करके दिखाऊंगा कि मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे आपके एहसानों की जरूरत नहीं है और आप मुझे ढूंढने की आप कोशिश मत करना मैं आपके सामने से आऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि पैसे किसे कहते हैं उसके बाद उस व्यापारी ने अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला उसके बाद दिन महीने और साल बीतते गए और अब उस लड़के की पिताजी बूढ़े हो चुके थे उस बुढ़ापे में उनको अब उनके बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो व्यापारी बिल्कुल अकेले थे और साथ में ना बीवी थी और ना बेटा था और वहीं उस तरफ उसका बेटा अब बहुत ही बड़ा व्यापारी बन चुका था वो बिजनेसमैन बन चुका था उसका मकसद ही था अपने पिताजी को हराना अपने बाप को हराना और उन्हें गलत साबित करना और उसके बाद उसके पिता की एक दिन मृत्यु हो गई। अब वो तो एक बड़े व्यापारी थे तो उनके टीम ने अखबार में यह दिया कि उनका बेटा जहां पर भी है वहां से वापस आ जाए और अपने पिताजी का क्रियाक्रम पूरा करे जैसे ही उस लड़के को पता चलता है कि उसके पिता की देहांत हो गई तभी वो वहां से भागकर अपने घर वापस आ जाता है और उसके सामने उसके पिताजी की लाश पड़ी हुई थी और उसे वो शब्द याद आ रहे थे कि एक दिन मैं आऊँगा और आपको गलत साबित करूँगा और आपको पैसों का मतलब समझाऊंगा सब कुछ जो उसने अपने पिताजी से कहा था अब उसे वो अंदर से तोड़ रहा था वो बातें उसे अंदर से पछतावा दे रहा था उसे यह एहसास हुआ कि मैं कौन सी दौड़ में भाग रहा था और सब कुछ जीत कर भी मैं तो आज हार गया हूं मेरा पिता आखिरी दिनों में अकेला रोता हुआ गया और उसके बाद वो लड़का अपने कमरे में गया तो उसने उस किताब को खोलकर देखा जो कि उसको उस दिन उसके पिताजी ने उपहार के रूप में दी थी उसे देखकर कर उसके आँखों से आंसू रुक नहीं रहे थे उसके बाद उसे एहसास हुआ कि कितने प्यार से उन्होंने उस किताब को लेकर आए हुए होंगे मुझे देने के लिए और उसने उस किताब को खोला तो पहले पेज पर यह लिखा हुआ था कि बेटा मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब पिता हूँ क्योंकि मेरे पास तेरे जैसा खूबसूरत बेटा है मैं कुछ दिनों से यह देख रहा हूँ कि तुझे एक कार चाहिए आखिर मैं तेरा पिता हूँ तू कुछ भी नहीं कहता तब भी मैं समझ जाता कि तुझे उपहार में कार चाहिए आज से मेरा सारा व्यापार बिजनेस तू देखेगा मैं मेरी सारी दौलत तेरे नाम कर रहा हूँ क्योंकि मेरी दौलत तो तू ही है और हाँ पीछे देख तुम्हारे लिए एक खास पुरस्कार है और उसने जैसे ही पीछे पन्ना घुमाया तो उस किताब के ठीक बीच में एक स्पोर्ट्स कार की चाबी रखी हुई थी और वो पश्चाताप के आग में डूबकर रोने लगा लेकिन अब रोकर और दुखी होकर भी क्या फायदा अब कुछ नहीं होने वाला था जो हो गया सो हो गया समय कभी वापस लौटकर नहीं आता इसीलिए हमें समय रहते ही जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए अब बहुत देर हो चुकी थी कभी कभी हम जीवन में इंसान को परिस्थितियों को जल्दबाजी में ही अपना फैसला सुना देते हैं बिना हकीकत जाने और जब तक हकीकत हम तक पहुँचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है उसके बाद चाहकर भी और चाहते हुए भी उस गलती को सुधार नहीं सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह कहानी से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल ऑप्शन को दबाना बिल्कुल मत भूलें तो चलिए मिलते हैं ऐसी कोई और कहानी में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें मैं किशन शर्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं